नमस्कार मैं इशिका आज आपके समक्षाचना स्रोत पढ़ने जा रही हूँ हे माता रानी जो भी भूल चूक होगी माफ करना दा पे चना शरण क्लेश हरण विधेराज्ञा ने वीणा वि हेणस विधेया dro jaita upko ji nabi ko mata na bhavati jalan na ई भूयास त्वमेया तथा पितृत्वं श्रेम मही रूपम यात् त्वं पुरुषे कपूतो ज वितामोजल जनक यम सुको चल पापो भवती मधुपा जने को जानी पे जननी जपनी पी भूषो बजती जगदी से बाबी बाबा विधिना चारे किमशी चिंतन परे पर चो भी क्या मंदिर जगदम्बव विचित्र मंत्र परिपूर्णा करुणा से जेन्म महादेवी यथांग तथा गुरु यथा धन्यवाद अगर मेरे से कोई भी भूल होगी तो मुझे क्षमा करे